cat cat माने बिल्ली आर rat टी रैट, रैट माने चूहा अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ